भोपाल में कलम कला कलाकार प्रोडक्शन ने आर्टिस्टिक कन्वर्स का आयोजन किया जिसमें कई अनुभवी और नए कलाकारों ने हिस्सा लिया इस आयोजन में मध्य प्रदेश के कई जिलों से आए कलाकार सम्मिलित हुए मध्य प्रदेश कलाकारों का प्रदेश है जहां हमेशा कला संबंधित कार्यक्रम होते रहते हैं ऐसा ही एक कार्यक्रम का आयोजन के थ्री प्रोडक्शन ने किया कलम कला कलाकार ग्रुप ने आर्टिस्टिक कन्वर्जन का आयोजन किया जिसमें गुना विदिशा होशंगाबाद छिंदवाड़ा भोपाल के कलमकारों ने हिस्सा लिया इस मंच का उद्देश्य है कि उनके जरिए नए कवियों को आगे आने का मौका मिले कार्यक्रम में कई अतिथि शामिल हुए कार्यक्रम के सूत्रधार कवि आनंद कुमार थे